तुम्हारी तो आदत है रंग बदलने की तुम्हें कौन सा शरमानी है अजी तुम्हारी तो आदत है रंग बदलने की तुम्हें कौन सा शरमानी है जिसको जिसके साथ जाना है जाओ हमने कौन सा तुम्हारी टिकट कटवानी है